महाराज जी, जी से जुड़े प्रसंगों की श्रृंखला में आपका स्वागत है पिछले भाग में मैं आपको बता रहा था कि महाराज जी से हमारा रिश्ता कब से और कैसे बना यदि आपने इसका पहला भाग नहीं देखा हो तो ऊपर आई बटन में इसका लिंक है जाकर अवश्य देख लीजिएगा तो आइए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं महाराज जी से हमारा संबंध कैसे बना बहुत ही रोचक प्रसंग है इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और अंत तक हमारे साथ बने रहें हमारे साथ घटने वाली कोई भी घटना मात्र संयोग नहीं होती है हमारे प्रश्नों के उत्तर ढूंढते हुए जब हमने अपने अतीत के पन्नों से धूल हटाई तो हमें कुछ सच्चाई नजर आने लगी और हमें अपनी शख्सियत का वो पहलू नजर आने लगा जो भौतिक संसार के चकाचौंध में सच में कहीं गुम हो गया था अतीत में झांकने पर जो हमें महाराज जी से हमारा लगाव दिखाई पड़ा वो कुछ इस प्रकार है वैसे तो कैची धाम हमारे शहर के एकदम नज़दीक होने के कारण शायद ही कोई नैनीतालवासी महाराज जी की भक्ति से अछूता रहा हो उस पर सोने पे सुहागा ये है कि महाराज जी द्वारा स्वयं बसाया गया एक धाम बजरंगगढ़ अर्थात हनुमानगढ़ हमारे शहर नैनीताल में ही है मेरा लगाव भी महाराज जी के साथ हनुमानगढ़ से ही शुरू हुआ बचपन से ही हर मंगलवार के दिन मैं दोस्तों के साथ हनुमानगढ़ जाया करता था वैसे तो हनुमानगढ़ जाने के लिए नैनीताल निवासियों को किसी वजह की आवश्यकता नहीं है परन्तु हर मंगलवार को हनुमानगढ़ में सुंदरकांड के पाठ के साथ साथ हनुमान चालीसा और महाराज जी के भजन भक्तों द्वारा गाए जाते हैं और मंगलवार के दिन वहाँ पर प्रसाद वितरण भी होता है जिसमें नैनीताल निवासी तो प्रतिभाग करते ही हैं साथ ही अन्य निकटतम शहरों और गाँव कस्बों के श्रद्धालु भी पहुँच जाते हैं यदि आप लोगों को हनुमानगढ़ मंदिर के बारे में और अधिक जानना हो तो आप कमेंट करके अवश्य बताइएगा इसके लिए मैं हनुमानगढ़ मंदिर पर एक अलग से वीडियो बनाकर आप लोगों के साथ साझा कर लूँगा कैंची मंदिर जाने के लिए भी हमें किसी अवसर की आवश्यकता कभी महसूस नहीं हुई जब भी मन करा पहुँच जाते थे महाराज जी के दर्शनों के लिए वैसे तो सभी की भांति मेरी जिंदगी में भी कई पड़ाव है पर मुझे महाराज जी की कृपा से एक ऐसा अवसर प्राप्त हुआ है कारण महाराज जी से मेरा लगाव और भी बढ़ गया हुआ कुछ यूँ कि मैंने 1996-97 के आसपास कैसेट्स का काम शुरू किया तब गाने सुनने के लिए या तो रेडियोज़ हुआ करते थे या ऐसे म्यूज़िक प्लेयर्स जिनमें कैसेट्स लगा करती थीं फिर दौर आया सीडीज़ का शायद 1999 या 2000 के आसपास की बात होगी तब किसी श्रद्धालु ने मुझे महाराज जी के कीर्तन की ऑडियो सीडी डी ला कर दी तब ऑडियो सीडी का मतलब एम नहीं हुआ करता था ऑडियो सीडी में सिर्फ 80 मिनट की ही रिकॉर्डिंग हुआ करती थी और एम प्लेयर में ऑडियो सीडी नहीं चला करती थी उन श्रद्धालु महोदय को उस ऑडियो सीडी को एम में कन्वर्ट करवाना था और तब नैनीताल के अंदर ये काम कुछ ही लोग कर पाते थे ये महाराज जी की ही कृपा थी कि उन्होंने इस कार्य के लिए मेरा चयन किया ताना बाना तो सब महाराज जी ने ही बुना है किस सिरे को कहां ले जाना है और इससे मिलाना है ये तो वही निर्धारित करते हैं अगला सिरा कहाँ जा मिला ये पता चलेगा आपको अगले वीडियो में क्या आपको भी हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं यदि हाँ तो जल्दी से लाइक वाला बटन दबाइए और इसे शेयर कर अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाने में हमारा सहयोग करें और आपकी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा यदि आप भी महाराज जी के भक्त हैं और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें कई भक्त महाराज जी से जुड़े अपने अनुभव हमें व्हाट्सएप और कॉल के माध्यम से शेयर कर रहे हैं यदि आप भी अपना अनुभव हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो आपका भी स्वागत है डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर दिया गया है जल्द हम भक्तों के महाराज जी से जुड़े अनुभवों की एक सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जिसका हिस्सा आप भी बन सकते हैं पूरा वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद जय महाराज जी